हमारा किसी का नहीं नौ पढ़ा है नहीं ना। बोलो। एक दीदी आने एक एक और। ना। पहाड़ने है। <clerk> <trying to figure out> <laughing nationalism> और ये दैट इज सर हेलो तो बोलिए इसको लोग दो दिन इंग्लिश दो दिन हिंदी और दो दिन पहाड़